में ब्लॉग स्वागत है है देखिए देखिए देखिए ये ये मछली कदम छोटू छोटू कर लो कितना हाइट है ये देख के कितना हाइट है हां वीडियो बंद करो आवाज बंद कर मैं मछली ठीक है अच्छा लेके नहीं लेते है लोरा तितिए के लिए चल जल्दी इधर ले कंदी में ले आ गम गम कंदी में रख ए 19 एक दाई उने छक मार के ले ले मछली गौर तो ले ले उधर आए हो तो घर है लोरा पटा कर के लो ना अब लोग गेट के ऊपर आ गए ये होते टाटा आलू ने तो कहानी दिया कौन पहुंच गए अच्छा फिर एक मेरे जेब भी तब निकल तो ले निकाल ले लावा नागा नीचे है ताकि लिए लकड़ी तोड़ ले मत आओ आए देखो उमेश बाप इनके ठंडा आने के लगले हां शर्म आवे वीडियो में ना ले धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा धोखा दखर हाँ, दखर भी चार दर। बिड़ी जोगा पना। जल्दी जो, जल्दी जल्दी, जागने, जागने, जागने, चल जो। के। ए मत करो, मत करो करो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कर। प्रेस कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा जय हिंद बंदे मातरम